वंदन अभिनंदन दर्शकों आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि लाख प्रयत्न के बावजूद भी यदि आपका अपना मकान नहीं बन पा रहा है जी हां या आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त नहीं हो रही है तो अंत तक बने रहिएगा आज कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि यदि ये आप छोटा सा उपाय कर लेंगे तो यकीन मानिए दर्शकों फिर आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी नमस्कार दर्शकों मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं अपना ही ज्योतिष का ऐतिहासिक और क्रांतिकारी चैनल एस्ट्रो एस्ट्रोविदास नए हैं दर्शकों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना आइकन दबाइए इस वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए ताकि जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक ये चीज पहुंचे तो दर्शकों आपको करना क्या होगा अधिक समय ना लेते हुए चलिए बताते हैं करना सबसे पहले यह रहेगा शुक्रवार के दिन और संडे के दिन विशेष एक प्रयोग है शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है कि किसी भूखे व्यक्ति को आपको भरपेट भोजन खिलाना है और छेने का कोई एक रसगुल्ला कोई रसेदार मिठाई ये आपको उसको जरूर देनी रहेगी भोजन करने के उपरांत अब आपकी पॉकेट जो अलाउ करे आप एक लोगों को खिला सकते हैं ठीक है दो को खिला सकते हैं ठीक है दस लोगों को खिला सकते हैं ठीक है, है शुक्रवार को ये आप करिए और खिलाने के बाद फिर जो है आप उनसे जो है हाथ जोड़ करके प्रणाम करके चले आइए संडे के दिन आपको गाय को रोटी में गुड़ और थोड़ा सा गेहूँ डाल करके गाय को खिलाना रहेगा कितने दिन ये उपाय करना है तो तीन महीना आपको कंटिन्यू करना रहेगा कोई शुक्ल पक्ष नहीं कोई कृष्ण पक्ष नहीं क्योंकि व्यक्ति को भूख कृष्ण पक्ष में भी लगती है शुक्ल पक्ष में भी लगती है तो शुक्रवार और संडे का ये उपाय है यदि आप ऐसा कर ले जाते हैं तो यकीन मानिए कि आपको अपने मकान का सुख प्राप्त होगा और बहुत ही अच्छा जो आपने सपनों का महल देखा होगा वो प्राप्त होगा उपाय हमने आपको बता दिया है फ्राइडे के दिन किसी भूखे को आपको भोजन करा कराना है और भोजन कराने के उपरांत कुछ मीठा रसेदार हो जिसमें मतलब जो है क्या कहते हैं सीरा बोलते हैं वो हो तो ये करिए दूसरा गाय को आप एक रोटी में गेहूँ गुड़ डाल करके जरूर खिलाइए कोई भी गाय हो काली हो लाल हो पीली हो गाय है भूख तो उसको भी लगेगी तो ये आप लोग संडे को और फ्राइडे को यदि उपाय कर लेते हैं तीन महीने करिए यकीन मानिए दर्शकों आपके भाग्य के जो बंद दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे कैसा लगा हमारा ये उपाय कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो पुनः निवेदन है सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन जरूर दबाइए दीजिए इजाज़त मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार